That's <laughs> up that's <laughs> up that's <laughs> up प्रिला। प्रिला। भाई। भाई क्या है मजा करे हेलो हेलो हेलो मैडम मजा करे थे फेक है, समझता क्या कुछ अरे फिक्स नहीं क्यों मैं तो रास्ते से जा रहा था मैं तो फैल पूरी खा रहा था मैं तो Things about rap talking the truth and that's there in my back and will not be attacked no no too many things have been Hello ma Ar mai ghar nahi aa sakta mai abhi gaya tha pun hospital aurne kaha ki swamp flu ho chuka hai aurne kaha ki swamp flu ho chuka hai अगर किसी के बाजू में जाएगा तो उसको भी हो जाएगा तो मैं घर कैसे <प्रेण> ये क्या हो रहा है अरे ये क्या हो रहा है भाई <laughs> दोस्तों पर आप बहुत गेम खेल सकते है और उससे पैसे कमा सकते हैं तो देर किस बात की दोस्तों अभी अपना फोन उठाए और रजिस्टर करें रजिस्टर करने के बाद आपको मिलेगा हंड्रेड परसेंट बोनस मजाक नहीं दोस्तों अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हो और वहां पर जाकर रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट में 100 परसेंट बोनस आप अपने बिट के पेमेंट पे पे गूगल पे वीजा मास्टर कार्ड या अदर ईवेट के जरिए या फिर बैंक ट्रांसफर के जरिए आराम से विदड्रॉ कर सकते हैं तो मेरी मानिए दोस्तों वक्त बर्बाद मत कीजिएगा अभी अपने लाइफ को मनोरंजन बनाइए और खेल खेल में पैसा कमाइए <laughs> dang dang nang nang dang dang Open Gundam Star Gundam Star इन के लफड़े मेरे को क्यों फंसा के रखा है उठा ले रे बाबा उठा ले। मेरे को नहीं रे लेनों को उठा ले <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें, कमेंट करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी